ये जो राजनीति खेल तुम खेल रहे हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सर मेरी बात मान लीजिए वो खतरनाक बीजे बिकॉज आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन आई एम अ सोल्शर